देखिए ये बलवा का जो अभ्यास कराया गया पुलिस लाइन और ये हमारा रूटीन प्रोग्राम होता है इसमें आपने देखा कि पार्टियां होती हैं हो जो कि फायरिंग से पहले इनका उनका पूर्वाभ्यास कराया जाता है और आपने देखा बड़े अच्छे से बड़े ढंग से ये बलवा का अभ्यास प्र, किया गया ये जनपद में एक सौ चवालीस लगा है उस समय से ज़्यादा लोग इंटरटेनिंग हो सकते हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि कोई भी यदि बदमाशी किया या कोई भी कानून को पालन नहीं किया आने आगामी भी है तो उसे तो मैंने कहा कि आगामी त्योहार है आगामी त्योहार भी देखते हुए भी, भी अभ्यास कराया जाए। और ये संदेश भी देने का प्रयास है आप लोगों के माध्यम से भी कोई भी आएगा कानून को पालन नहीं करेगा तो उसे शक्ति से मुताेगा अपनी शुरू करते हैं जा रहा है ये हैं जल्दों का समाधान के बाद